मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा आज रोजगार दिवस है महीने में एक दिन रोजगार का कार्यक्रम भाजपा की सरकार करती है रोजगार के लिए हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं नवंबर में लगभग चालीस हजार शासकीय नौकरियों के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं साल भर में एक लाख लोगों को शासकीय नौकरी मिल जाएगी इसके साथ ही तीन लाख लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन मिलेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार दिवस के मौके पर कहा नवंबर में लगभग चालीस हजार शासकीय नौकरियों के विज्ञापन निकलेंगे उन्होंने कहा केवल सरकारी नौकरी में सभी को रोजगार नहीं मिल सकता इसके लिए हमने तय किया है की कि स्वरोजगार की जितनी भी योजनाएं हैं मुद्रा योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत हर महीने नौजवानों को स्वरोजगार उपलब्ध कराए लगभग तीन लाख लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन मिलेगा और कई अलग अलग तरह की सब्सिडी का लाभ हम देंगे उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आ रहे निवेश के कारण कारखानों में रोजगार मिल रहा है, है। महीने में एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है रोजगार के लिए हम तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं एक शासकीय नौकरियों में रोजगार तो नवंबर के महीने में ही लगभग 40000 सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन इत्यादि निकल जाएंगे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी साल भर में 1 लाख तक ये संख्या पहुंचेगी लेकिन केवल शासकीय नौकरियों में सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता शासकीय नौकरियों के अतिरिक्त हमने ये भी तय किया कि स्वरोजगार की जितनी योजनाएं मुद्रा योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री उद्यम प्रांति योजना अनेकों योजनाएं उनके तहत हर महीने हम नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर अच्छा उपलब्ध कराए आज पीथमपुर से रोजगार दिवस कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं लगभग तीन लाख लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन मिलेगा और कई अलग अलग तरह तो की सब्सिडी जो हमने अलग अलग योजनाओं में दी है उसका लाभ मिलेगा फिर मध्य प्रदेश में जो निवेश आ रहा है उसके कारण भी भर्तियां होती है चाहे वो कारखानों में हो या अन्य संस्थानों में तो उस कार्यक्रम को भी हमने साथ में जोड़ा है